वो मेरे साथ साथ औरों से भी दिल लगाना चाहती है और अक्सर अपनी गलतियों को छुपाना चाहती है वादे तो बेहिसाब करती है मुझसे पर इन वादों को किसी और के साथ निभाना चाहती है वो बाहों में मुझे भरकर शादी किसी और से रचाना चाहती है